जय श्री साईं दोस्तों दोस्तों अपनी वोल गेम सिंगल रहेगी इक्यावन और इकसठ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को शेयर करो लाइक करो बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों दोस्तों अपनी मेन जोड़ी रहेगी 40, 45, नब्बे पचानवे और तेईस चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों वीडियो को शेयर करो लाइक करो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों तो वीडियो को सब्सक्राइब तो करना आपका फर्ज बनता ही है दोस्तों फ्री में होता है पैसे तो लगते नहीं तो अपनी सपोर्ट जोड़ी रहेगी दोस्तों 28, सतासी सैंतीस तीस और 35 और इसमें ही दोस्तों हमने लोकेशन वाइज जोड़ी डाल रखी है और दोस्तों अपनी ब्लास्ट जोड़ी रहेगी अपनी अस्सी पचासी दस पंद्रह और साठ चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों वीडियो को शेयर करो लाइक करो और दोस्तों अपनी जो पकड़ जोड़ी है वो फरीदाबाद और गाजियाबाद की होती है सिर्फ पकड़ जोड़ी और अपनी पकड़ जोड़ी रहेगी दोस्तों पैंसठ बीस पच्चीस सत्तर पचहत्तर ये फ़रीदाबाद और गाजियाबाद की जोड़ी है दोस्तों और अपना हरूफ़ रहेगा दोस्तों तिक्के का और अट्ठे का हरूफ़ रहेगा अंदर बाहर हंड्रेड परसेंट ब्लास्ट है जो दोस्तों गेम चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों वीडियो को शेयर करो लाइक करो किसी खाईवाल भाई ने पर्चा देना हो अपना या फिर ऑनलाइन गेम लगानी हो तो ये अपने ऑनलाइन खाई का नंबर है आप इस पर मैसेज करके पूरी डिटेल ले सकते हो दोस्तों तो दोस्तों मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप नंबर आठ सौ साठ सात सौ अस्सी पंद्रह सतानवे अब मैसेज करके पूरी डिटेल ले लो दोस्तों पेमेंट की पूरी ज़िम्मेदारी रहेगी कोई दिक्कत नहीं एक परसेंट दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की जय श्री साईं दोस्तों